स्वागत है आपका मेरे इस नए और एकदम फ्रेश वीडियो में आज मैं आपको फिर से कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा फैक्ट नंबर वन हम सभी मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेना यानी कि सांस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके साथ साथ भोजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है भारत में अलग अलग जगहों पर कई प्रकार के खाने खाए जाते हैं जैसे कई जगह पर रोटी खाया जाता है तो कई जगह पर चावल फैक्ट यह है की जहाँ पर चावल खाया जाता है न वहाँ पर एक मनुष्य अपने औसत जीवन काल में पैंतीस टन अनाज खा जाता है नंबर दो फोन तो हम सभी लोग यूज करते हैं और शायद यह वीडियो जो है वह आप फोन से ही देख रहे होंगे तो इंडिया काउंसिल ऑफ सोशल साइंस के मुताबिक इंडिया के जो लोग होते हैं ना वो एक दिन में लगभग छह घंटे फोन का यूज करते हैं आप कितने घंटे फोन का यूज करते हैं कमेंट में जरूर बताइए एक्ट नंबर तीन पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा स्तनधारी जीव है एक फील में जिराफ की लंबाई 14 फीट और मेल जिराफ की लंबाई 18 फीट तक हो सकती है और एक वयस्क जिराफ के पैरों की लंबाई लगभग 6 फीट तक हो सकती है एक जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है तब उसकी लंबाई 6 फीट तक होती है